टू टुनाइट अपडेट देख लेते हैं टुनाइट अपडेट में क्या टॉपिक इवेंट आने वाला है तो हम लोगों को टुनाइट अपडेट देखने के लिए कहाँ जाना होगा शायद ये पे है क्या यहाँ नहीं है तो शायद आगे में होगा हाँ जस्ट यहीं पे है टू अपडेट मैंने देखा था जस्ट देखा था हाँ जस्ट ऊपर है यहीं टू अपडेट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इमोट मिल रहा भाई कत्ते जहर इमोट लग रहा है देखने का भाई साहब कत्ते हार्ड इमोट है कितना में दे रहा था मैं नोटिस नहीं किया शायद 500 हंड्रेड डायमंड में अपने सर्वर में 300 सौ डायमंड मिल जाएगा अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल लेना मैं कोशिश करूंगा निकालने का मेरा रास्ता पैसा नहीं है मैं ट्राई कर लूँगा तो भाई लोग इमोट बहुत हार्ड है और उसके साथ क्या क्या दिया जा रहा है बैनर अफतार दिया जा रहा है एक डायमंड में कोई नहीं चलो भाई इमोट बहुत अच्छा है प्लीज़ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कल से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा बाय बाय